चलिए जय हिंद जय भारत कैसे हैं सभी लोग मैं गौतम आप लोगों का माइंड फॉर अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ जैसा कि मैं रोज करता हूँ आज भी करता हूँ सब लोग जुड़ जाएं जल्दी जल्दी और क्लास को शेयर कर दें आज जो इतने दिनों से मैं बार बार बोल रहा था कि मैथ्स पैडागोजी स्टार्ट करेंगे करेंगे और आज देखो उसका समय आ चुका है और आज से हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स की पैडागॉजी इवन सारे विषयों की पैडागॉजी ही पढ़ेंगे धीरे धीरे करके तो स्टार्ट करते हैं मैथ्स की पैडागॉजी के साथ इसके लिए सबसे पहले आपको समझ विकसित करनी पड़ेगी गणित है क्या और गणित हम क्यों पढ़ते हैं क्या आवश्यकता है कोई भी विद्यार्थी को गणित क्यों पढ़ाया जाना चाहिए कई सारे तर्क दिए जाते हैं कि गणित को बंद कर दिया जाना चाहिए हमारे जीवन में कहाँ साइन थीटा कोस थीटा लगता है कहाँ हमारे जीवन में ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनता है ऐसी बहुत सारी अवधारणाएं हैं जो भारत और विश्व के कई सारे क्षेत्रों में बताई जाती है या बोली जाती है कि गणित की कोई इतनी आवश्यकता नहीं है गणित को केवल एक वैज्ञानिक विषय बना देना चाहिए तो कहीं ना कहीं कई ऐसे इश्यूज़ हैं जिसमें हम ये नहीं बोल सकते कि अब हर बच्चे की गणित को बंद ही कर दिया जाए तो एक्चुअल में अब हम गणित नहीं पढ़ने वाले हैं गणित की आवश्यकता नीड समझने वाले हैं कि आखिर गणित की आवश्यकता क्यों है क्यों एक स्कूल जीवन में आपको गणित को पढ़ाना आवश्यक है क्यों एक विद्यार्थी को गणित पढ़ाना आवश्यक है और जिन विद्यार्थियों की गणित कमजोर होती है वो कहीं ना कहीं कई कही क्षेत्रों में थोड़े से कमजोर हो जाते हैं कारण आप समझें कई सारे जो डिसीजन लिए जाते हैं लॉजिकल थिंकिंग विकसित की जाती है वो सिर्फ वो सिर्फ गणित के माध्यम से ही की जाती है लेकिन विद्यार्थी कहीं ना कहीं जब गणित में कमजोर होता है तो उन सब चीजों पर क्या होता है वो कमजोर होता है इस पर भी तर्क दिए जाते हैं कि भाई किसी बच्चे का तर्क अच्छा नहीं है लेकिन उसका आर्ट बहुत अच्छा है तो भाई आर्ट भी गणित के बगैर अच्छा नहीं हो सकता है किस लाइन को, को कहां तक लेना तो देखा जाए आप जोमेट्री का यूज करते हो अगर लाइन ही सही नहीं है और आपके एंगल ही सही नहीं है तो चीजों को आप अच्छा बनाओगे कैसे तो अब हम अध्ययन करने वाले हैं गणित की पेडोगोजी में गणित की उन सभी बातों पर जो की बोली जाती है कि भी होना चाहिए और ये भी बोली जाती है कि नहीं होनी चाहिए और गलत की नीड क्या है सवाल कैसे आएंगे किस तरीके के बनेंगे सब पे बात करेंगे ठीक है तो चलिए सबसे पहले तो क्लास को शेयर कर दीजिए अपने अधिकतम लोगों के पास ताकि ये मध्य प्रदेश का हर विद्यार्थी जाने देखिए मैथ्स पैटागोजी में आप लोगों ने पहले भी यूट्यूब पर बहुत कुछ पढ़ा होगा और बहुत कुछ जाना होगा मेरे पढ़ाने का थोड़ा तरीका अलग है सर वर्ग एक में भी पैटागोजी आएगी हाँ, जी लिखा तो है है ना हाँ मैथ्स की डेली ही लगती है क्लास जो कि ये आज ये जो लेक्चर है ये लगना था कहाँ पर अपने एम पी वाले उस पर माइंडफुल फोर टेट पर लगना था लेकिन कुछ कारणों से वापस आज यहीं लग गया है कल से अपन उसी पे पढ़ेंगे ठीक है और जब भी उस पे नहीं लग पाएगा तो आप इस चैनल पर देख लीजिएगा इस चैनल पर लग जाएगा सो so, स्टार्ट करें गणत की पैडागोजी क्या होती है हाँ, और कुछ बोलना चाहते हो आप लोग देखो जितने भी हैं पेड़ागोजी हाँ, देख ज्यादा लोग रहे हैं कम लोग लाइक करते लाइक करो उसके बाद पढ़ाऊंगा ठीक है ऐसा कर दो चलो शुरू करते हो गया देखो गणित क्या है सबसे पहले तो यह प्रश्न होता है गणित है क्या गणित आपको किसी भी चीज की सोचने और समझने की क्षमता को विकसित करने का एक माध्यम होता है गणित के दो इश्यूज हो सकते हैं या दो ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं एक हो सकता है गणित का एक संकुचित सोच और एक हो सकती है, है? पेडालॉजी में जो क्वेश्चन आते हैं दो दो प्रकार के आते हैं एक तो ऐसा आता है की आज कुछ क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं आप लोगों को ठीक है करीब दस क्वेश्चन में कराऊंगा आप देखना उन्हें दस में से सात आप आराम से अभी लगा दोगे मैं कुछ भी नहीं पढ़ाऊं तो भी लगा दोगे तो पेडागोजी के जो क्वेश्चन आते हैं वो भी दो भागों में डिवाइड है एक तो ऐसे आपको नॉर्मल समझ अगर होगी तो आप लगा दोगे दूसरा आएगा कुछ नियमों पर आधारित तो उन पर जो आधारित क्वेश्चन होंगे उनके लिए हमें थोड़ा सा अध्ययन करना पड़ता है कि भाई किसी ने कोई परिभाषा दी तो ये किसने दी तो इसके लिए ऐसा तो है नहीं मैं समझा दूंगा तो समझ जाएगा वो तो याद ही रखना पड़ेगा आपको तो कि भाई इन्होंने बोला था ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा हो गया तो गणित का अभी जो पार्ट में चालू कर रहा हूँ पेडागोजी में वो मैं सामान्य वाला कर रहा हूँ सामान्य वाला मतलब जो एकदम सरल होता है हर विद्यार्थी यू भी लगा लेगा लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा पढ़ते हैं ताकि जो छोटी मोटी चीजें उसमें बच गई हूँ वो कम्प्लीट हो जाए ठीक तो सेशन स्टार्ट कर देते हैं आज का हाँ आप जुड़ गए हैं बच्चे उसकी और उतना पर्याप्त है पढ़ने की आवश्यकता है प्रैक्टिस कर लीजिएगा किसी भी बुक से सवाल लगा लेना वह मैं सीट आपको दे दूंगा ठीक है ये जो कोर्सेस है ये तो चल ही रहे अपने आपको पता ही होगा वर्ग एक और वर्ग दो दोनों की चलिए शुरू करते हैं आज की पैडागोजी का सेसन तो मैथ उपयोगिता मैथ्स हम क्यों पढ़ते हैं है, है तो गणत के अध्ययन को शुरू करना पड़ेगा हम कहीं ना कहीं गणित से हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है अगर आपके जीवन से एकदम गणित को हटा दिया जाए तो अभी आप सामान बाजार में जाके सब्जी भी नहीं खरीद पाएंगे क्यों आपने मान लीजिए सौ रुपए दिया और सत्तर का सामान आया सामने वाले ने तीस रुपए रिटर्न दी अगर आप मान लो एकदम शून्य लेवल की गणित आती है तो वो आपको 20 रुपए रिटर्न करेगा तो आप तो जेब में डालोगे और चले जाओगे कहीं ना कहीं आप क्या लगाओगे भाई गणित लगाओगे कि नहीं लगाओगे आप कहोगे भाई 70 का सामान आया, 30 वापस करो अब 30 रुपए अगर उससे वापस लेना है तो क्या लगाया आपने गणित लगाई तो गणित को आप अपने जीवन से कभी खत्म कर ही नहीं सकते हो आप उसे पढ़ो या आप ना पढ़ो तो यही उद्देश्य भी है गणित के सामान्य उद्देश्य और गौण उद्देश्य भी ठीक अब गणित अध्यापन विधा गणित के अध्यापन के लिए आप चूंकि शिक्षक बनने वाले हैं ठीक गणित विधा की अगर अपन तो आप, आप, आप भी शिक्षक है या बनने वाले तो इस पर हमें सबसे पहले अगर अपने सब्जेक्ट को किसी विद्यार्थी को पढ़ाना है मैं बिल्कुल आपको इस तरीके से पढ़ा रहा हूं कि मान लो आप, आपको पढ़ाना सिखाना है अगर मान लो आप किसी को विद्यार्थी को गणित सिखाना चाहते हो तो सबसे पहले दिमाग में ये सोच विकसित करनी पड़ेगी इस विद्यार्थी को हम गणित कितने अच्छे तरीके से समझाएं कौन कौन सी हम इसमें विधियों का प्रयोग करें कौन कौन सी इसमें हम नई नई तकनीकों का प्रयोग करें समझ रहे ताकि इस बच्चे को वो चीजें सारी की सारी चीजें क्या हो समझ में आए और रुचिपूर्ण लगे गणित को रुचिपूर्ण बनाना शिक्षक का गणित के शिक्षक का सबसे बड़ा टफ टास्क होता है सबसे कठिन के और नई नई बातें बताएंगे तो इसको क्या करना पड़ेगा अमूर्त से मूर्त अमूर्त से मूर्त को जोड़ना सीखना पड़ेगा और बच्चों को जुड़ाना सीखना पड़ेगा तो पहले तो हमें खुद सीखना पड़ेगा एंड देन हम बच्चों को जुड़ा पाएंगे तो सबसे पहली बात अगर अपन बोझे अध्यापन विधा या शिक्षण मतलब एक तरीका है एक चीज है जो आपको आर्ट के बारे में बताता है कि भैया ये आर्ट है, है ना अध्यापन क्रिया क्या है केवल नॉलेज का पार्ट थोड़ी है अध्यापन एक विधा है एक प्रकार से आर्ट है गणित का शिक्षण सामान्य विषयों की शिक्षा की तुलना में प्रथम एवं महत्वपूर्ण है सबसे पहले तो अपन गर्व करो सभी करेंहत्वपूर्ण है? है हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं कोई हैवी हेवी, -हेवी चीजों को आज नहीं लेंगे हम आज हम एकदम बेसिक वाली चीजें लेंगे धीरे धीरे हम उस पर भी आएंगे जो सी नियमों पर आधारित होती है ठीक है तो का चैप्टर हो ही गया है पढ़ाना क्या है, है। विषय अगर आप बात करते हो अपने शिक्षण में ठीक है स्कूल जीवन में देखो तो गणित को सबसे टॉप पर रखा गया कुछ तो कारण रहा होगा गणित को टॉप पर रखने का प्रथम क्यों कहा गया भाई गणित को पहले लगाओ ज्यादातर देखा जाए तो जो लेक्चर वगैरह भी लगाए जाते हैं या शेड्यूल फिक्स किया जाता है तो गणित का पहले किया जाता है अंतिम लेक्चर नहीं रखा जाता है कारण समझो बच्चे का एकदम फ्रेश माइंड चाहिए होता है ताकि बच्चा अगर फ्रेश माइंड से सीखना शुरू करेगा या पढ़ना शुरू करेगा तो गणित में ज्यादा ले रुचि उसको समझ में भी, भी आएगा क्योंकि वो आ, आराम करते हुआ, आया हुआ है और ना तो बीच में रखो लेक् आखिरी में लेक्चर को अपन कोवी रखना पड़ता है तो गणित के लेक्चर को कहां रखना पड़ता है स्टार्टिंग में तो हम सबसे पहले ये बात जान गए कि गणित का शिक्षण सामान्य विषयों सामान्य जितने भी विषय है ठीक है उनमें सबसे पहले प्रथम है और महत्वपूर्ण है हर विषय में गणित का प्रयोग होता है ऐसा कोई नहीं है जहां गणित का प्रयोग नहीं होता इवन हो। देखो जो साइंटिफिक मैथ्स है जैसे फिजिक्स है है है है में में में में तो होते हैं अरे हिस्ट्री ज्योग्राफी इन सब भी गणित गणित का का प्रयोग होता है। के का प्रयोग होता होता के नियमों इसलिए इसे प्रथम कहा गया ठीक जी 21 वर्ष नहीं हुई अच्छा, तो आगे बढ़ते गणित के शिक्षण शास्त्र को हम दो भागों में विभाजित करेंगे जैसा कि मैंने अभी अभी बताया दो भाग कैसे कैसे गणित का शिक्षण शास्त्र एक तो ऐसा होता है जो बहुत ही साधारण होता है जिसको अपन आज उसके क्वेश्चन भी लेके आए हूं मैं आपके लिए वो तो ऐसा होगा कि आप अगर पढ़ना ही शुरू करोगे ना तो ही आपको समझ में आ जाएगा सर ये लगाना चाहिए दूसरा गलत है ठीक बस बहुत नॉर्मल होता है और दूसरा होता है नियमों पर और परिभाषाओं पर आधारित तो ये जो दूसरा पार्ट है आपका वो थोड़ा कठिन होता है ठीक इसके लिए हमें उन नियमों को उन परिभाषाओं को याद ही करना पड़ेगा तभी जाके हम उन क्वेश्चन को हल कर पाएंगे ठीक अगर मान लो 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन पांच आते हैं पंद्रह ये आते हैं इसलिए इससे डरने की आवश्यकता नहीं है पेडागोजी से उसमें से 10 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आप आज भी लगा पाओगे एक बेसिक समझ अगर आपको हो गई कि कैसे होना चाहिए जैसे मान लीजिए सिंपल से आया एक विद्यार्थी को समझ में नहीं आ रही तो उसे क्या करना चाहिए पीटना चाहिए घर भगा देना चाहिए ठीक है माता पिता को बुला लेना चाहिए या समझाना चाहिए अब एक बात बताओ एक समझदार व्यक्ति तुरंत बोलेगा समझाना चाहिए ना पीटना चाहिए ना खड़ा करना चाहिए ना माता पिता को बुलाना चाहिए चाहिए भाई उसे समझाना तो ऐसे सवाल भी आते हैं सरल सरल तो दो भागों में हम बात सकते हैं शिक्षण को एक ऐसे सवाल जो एकदम बहुत नॉर्मल से और साधारण से होते हैं और दूसरे वैसे सवाल जो नियमों पर आधारित होंगे ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं सबसे पहले हमें नेचर ऑफ मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा प्रकृति गणित की प्रकृति कैसी है गणित को आखिर प्रथम स्थान दिया क्यों गया ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है नेचर ऑफ नेचर क्या होता है समझिए। जैसे आप सभी लोग हैं आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं और आपको उसका नेचर समझ में नहीं आता तो हम मुझे नहीं लगता है फिर दूसरी बार हम कभी उससे मिलते हैं मान लीजिए आप किसी से पढ़ते हैं आपको नहीं समझ में आया क्लियर नहीं हो पा रही है डाउट क्लियर नहीं हो पा रहे तो आप नहीं पढ़ पाते ठीक कोई भी चीज आप याद रखना कहीं पर भी जाते हो तो आप उसकी प्रकृति को जरूर देखते हो क्या कर इसकी प्रकृति कैसी है उसके हिसाब से डिसाइड करते हो उसके साथ संबंध का ठीक इसी प्रकार से अगर कोई बच्चा गणित पढ़ने जाएगा तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना होगा उसकी नेचर को समझना पड़ेगा आखिर गणित की प्रकृति कैसी है गणित किस प्रकार का है मतलब उसका एटीट्यूड कैसा है उसकी पर्सनैलिटी कैसी है ठीक उसी व्यक्ति से मिलने पर उसकी प्रकृति जानते हैं उसी प्रकार से गणित से मिलने के पहले हमें क्या जानना पड़ेगा गणित की प्रकृति जाननी पड़ेगी तो गणित की प्रकृति में सबसे पहले हम बोल सकते हैं कि ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है ऐसा नहीं होता कि सुबह कुछ और हो शाम कुछ और वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या कहलाता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण यह कहलाता है जैसा आज है वैसा ही कल होगा और वैसा ही सौ वर्षो के बाद होगा आज से 10 साल पहले जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था तो जो नियम तब थे किसी भी अध्याय के आज भी वही नियम है प्रमेय आज भी नहीं बदली जामिति की संरचनाएं आज भी नहीं बदली वही की वही पढ़ी है। मतलब ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर चलती है दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट 10 में से दो क्वेश्चन सिर्फ इस पर आएंगे तार्किक चिंतन पर गणत की प्रकृति कैसी है तर्क पर आधारित होती है इस पर आधारित होती है तर्क पर जो गणित का अच्छा स्टूडेंट होता है अच्छा विद्यार्थी होता है वो कभी भी बिना तर्क की बात नहीं करता है, तर्क पर नहीं वो कोई भी सिचुएशन सुनेगा समझेगा उस पर तर्क लगाएगा अगर उसे सही लग रहा होगा तो आगे बढ़ेगा नहीं लग रहा होगा तो नहीं लगेगा इसलिए गणित का आप देखना ज्यादातर जो शिक्षक होते हैं या जो अच्छा विद्यार्थी होता है उसकी सोच और उसके डिसीजन बड़े सटीक होते हैं वो लड़ जाता है सामने किसी से भी क्यों क्योंकि उसकी कैलकुलेशन क्लियर हो गया कि भाई हमारा तो ऐसा है ठीक है तो तार्किक चिंतन पर आधारित होती है सबसे पहला जो हमने सीखा इकोनॉमिक्स कितने बजे से रहती है सर फीस क्या है बेटा देखो सारी चीजें आप एप्लीकेशन पर चले जाओ उसमें शेड्यूल वगैरह डला है इकोनॉमिक्स क्लास आपके तीन बजे से रहती है ठीक है और फीस अभी वर्ग एक की चौबीस सौ निन्यानवे मतलब पच्चीस है और वर्ग दो की दो चलिए तार्किक चिंतन समझ में आए सबको इसको याद कर लो कि भैया गणित की प्रकृति सबसे पहला पॉइंट क्या है ये तार्किक चिंतन होते है इसमें तर्क होता है ठीक है बिना तर्क की बात नहीं होती है नौ गणित का जो प्रकृति होती है वो अमूर्त होती है अमूर्त और मूर्त मूर्त का अर्थ मान लो ये है जैसे मान लो पेन है ये मेरे हाथ में है ठीक लेकिन गणित में क्या होता है हम सिंबॉल पे काम करते हैं हम माना एक्स पे काम करते हैं वेरिएबल्स पे काम करते हैं तो कहीं ना कहीं प्रकृति कैसी हुई अमूर्त हमें दिख निराह होता है ठीक विद्यार्थियों की संख्या 200 सौ लड़कों की संख्या 100 है लड़कियों की संख्या क्या कर हमें बस सवाल दे दिया तो अभी अभी विद्यार्थी नहीं देखेंगे हम सवाल को सिंबल के रूप में लगाएंगे तो प्रकृति कैसी होगी अमूर्त हो गई और अमूर्त से मूर्त ले जाना ही हमारा उद्देश्य होता है अभी उद्देश्य पड़ेंगे हम आगे जाके तब समझ में आएगा कि गणित का मुख्य उद्देश्य क्या होगा तो यहाँ कहीं ना कहीं प्रकृति कैसी होती है अमूर्त होती है द नेचर ऑफ मैथमेटिक्स एब्सट्रैक्ट एब्सट्रैक्ट ठीक मूर्त रूप में नहीं होता है ज्योति उसमें मैथ्स के साथ साइंस दिया गया है इसलिए साइंस भी आएगा 120 में इसलिए पढ़ाया जा रहा है और एप्लीकेशन पर फिजिक्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और केमिस्ट्री चल रहा है ठीक है आ जाओ आगे बढ़े गणित की अपनी एक भाषा होती है गणित बिना भाषा के बात नहीं करता जैसे सिम्बॉलिक भाषा होती है।, है ना सिंबॉल होता है आप देखो कोई भी सवाल होता है सिम्बॉल किस में चलती है जीरो वन टू थ्री और कहाँ तक चलेंगे डिजिट हो गए फिर संख्याएं हो गई फिर अल्फा हो गया बीटा हो गया गामा हो गया थीटा हो गया ये सब क्या है ये गणित की अपनी ये क्या है भाषा है ये भी अपनी एक भाषा है मैंने कहा बीस बीस आम और तीस आम कितने होते हैं तो एक बच्चे ने बताया पचास अब मैंने कहा गणित के रूप में लिखो तो गणत अपनी भाषा में लिखेगा ट्वेंटी ये सिम्बॉल लिखा फिर तीस फिर क्या लिखा पचास लिखा तो ये क्या हुई एक प्रकार से गणत की क्या है अपनी एक भाषा होती है लैंग्वेज होती है मैथ्स की ठीक है गणित की प्रकृति पदानुक्रमित होती है ठीक पदानुक्रमित का अर्थ क्या होता है पदानुक्रमित मतलब क्या होगा गणत की प्रकृति पदानुक्रमित का अर्थ ये होता है कि भैया एक के बाद एक स्टेप चलता है ऐसा नहीं है एकदम टॉप पर पहुंच जाओ आपने अगर क्लास वन से स्टार्ट किया है तो आपको अब आप ऐसा नहीं कर सकते न सीखो पहाड़ नो सीधी सीख लो, गुणा भाग सीखो ऐसा हो सकता है क्या नहीं हो सकता आप सोचो आपने अगर मान लीजिए टेबल नहीं सीखी या आपने आ, काउंटिंग नहीं सीखी तो क्या आप बीस का गुणा चवालीस में कर पाओगे जब आपको चार की टेबल ही नहीं आती गुणा कैसे करोगे मतलब गणित की जो प्रकृति होती है वो पदानुक्रमित होती है आपने देखा होगा कई बार जब हम मैथ्स पढ़ा करते थे स्कूल में या कॉलेज लाइफ में अगर हमारा मैथ्स कहीं छूट जाए मान लीजिए जा हम किसी कारण से एक महीने तक मैथ्स पढ़ने गए नहीं और हम एक महीने बाद क्लास में पहुंचे तो होगा क्या होगा ये कि हमें कुछ समझ में नहीं आएगा कहीं ना कहीं हम या तो शिक्षक से कहेंगे अनुरोध करेंगे कि हमें फिर से पढ़ाया जाए या फिर हम किसी विद्यार्थी की मदद से फिर नोट्स देखेंगे जब तक हम उसे पूरा नहीं कर लेंगे तब तक हमें नया चैप्टर समझ में नहीं आ सकता है अगर आपने टेंथ का ट्रिगनोमेट्री नहीं पढ़ा तो इलेवंथ का ट्रिगनोमेट्री एकदम से समझ में नहीं आएगा आपको पहले वो पढ़ना तो पड़ेगा तो ये कैसी होती है पदानुक्रमित होती है एक वेस पे होती है कि शुरुआत में आपको अगर सीखना है तो पहले अंकों का अध्ययन करना पड़ेगा फिर संख्याओं का फिर जोड़ने का फिर गुणा का फिर भाग का फिर इंटरवल का फिर बॉडमास का फिर सिंप्लीफिकेशन का फिर ऐसा मतलब धीरे धीरे आप बढ़ते हुए निकलोगे तो गणित की प्रकृति कैसी हो गई पदानुक्रमित हो गई एक के बाद एक होती है इसके पहले इसको नहीं कह सकते ठीक है आगे बढ़ जाए गणित का अध्ययन नियमों पर आधारित होता है ठीक है नियमों पे आधारित होता है मतलब नियमों पे आधारित ये होता है जैसे मान लीजिए आप देखो आगे बढ़ोगे आप कोई भी सवाल लगाना हो कुछ भी लगाना हो मान लीजिए आपने कहा एक रेक्टेंगल है रेक्टेंगल का एरिया निकालना है ठीक अब मान लो एरिया निकालना है तो कहीं ना कहीं लंबाई गुणा चौड़ाई तो नियम बनाया लंबाई चौड़ाई अब बच्चे को यह पहले समझा दिया कैसे आया लेकिन कहीं ना कहीं एक ना एक दिन जाके तो इसको इस नियम को याद करना पड़ेगा जब वो इस नियम को याद कर लेगा भाई लंबाई चौड़ाई ये होता है तब जाके वो एरिया निकालना शुरू कर देगा ऐसे ही जब अगर ये नियम उसने कर दिया तो पदानुक्रमित के हिसाब से मतलब हेरिकल के हिसाब से देखा जाए फिर उन्होंने कहा अब आप, आपको इसका वॉल्यूम निकालना है आयतन निकालना है अब अगर आयतन निकालना है तो एरिया सीख लिया आपने l इन टू तो अब इसमें h बी आ गया h आ गया तो ये पदानुक्रमित हो गया आप इसका आयतन कभी सीख ही नहीं पाओगे जब तक क्या होगा जब तक आप एरिया निकालना नहीं सीखोगे तो हमने इससे इसका कॉम्बिनेशन सीख लिया क्या सीख लिया कि भाई एरिया को अगर हाइट से गुणा किया जाए तो वॉल्यूम होता है आज मैं गणत नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं तो बस आपको इसको बता रहा हूँ कि किस तरीके से ये पॉइंट सेटिस्फाइड करते हैं चीजों पर क्योंकि हमें एग्जाम्पल के तौर पर कहीं ना कहीं तो इनको उठाना ही होगा ठीक क्लास अगर ठीक लग रही हो तो भाई कुछ थोड़ा सा लाइक वगैरह कर दो क्लास को शेयर कर दो जल्दी जल्दी एप्लीकेशन एप्लीकेशन एप्लीकेशन पर क्लास क्लास क्लास लेना है तो क्या करें? पर लेने के लिए पे को परचेज करना पड़ेगा बेटा है ना चौथी कुछ कम कर दी जाए फीस फीस इतनी तो कम तो है यार बेटा कितना तो सिलेबस है आप लोगों का हाँ चलिए देखें आगे गणत का अध्ययन नियमों पर आधारित होता है तो रूल्स पर डिपेंड करता है बिना रूल्स के आप गणत नहीं सीख सकते आप कितना बेसिक पढ़ते रहोगे आप कितना उनकी बात में कहीं ना कहीं एक ना एक दिन जाके आपको उसको फॉर्मूला करना पड़ेगा ठीक है त्रिकोणमिति में पाइथागोरस ने पाइथागोरस का विकास किया उसके पहले भी काम चल रहा था जब नहीं किया था उसके पहले भी ऐसा थोड़ी हाइट पता नहीं थी हमें किसी ऑब्जेक्ट की कितनी आएगी पता थी लेकिन उनने एक नियम बनाया आप जब से नियम बना सब लोग उसी नियम को फॉलो कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमने नियम लगाना सीख लिया तो नियमों पर आधारित होती है राइट आगे गणत की प्रकृति निगमनात्मक होती है देखा जाए जो पिछला वाला पॉइंट है वो यही होता है डिडक्टिव बेसिस पर होता है मतलब वही नियमों पर आधारित होता है ना वो पॉइंट और ये एक ही बात है कहीं ना कहीं नियम आएगा फिर उदाहरण की ओर तो जाएंगे हम लोग कई बार हम ऐसा भी है कि आगमनात्मक भी पढ़ाते हैं आगमनात्मक का ये होता है कि पहले हम उदाहरण दे देंगे फिर नियम बनाएंगे ऐसा भी करते हैं लेकिन मेनली देखा जाए प्रकृति कैसी है नियमों पर आधारित है बच्चे गणित से क्यों डरते फॉर्मुले याद नहीं होते मैं पढ़ाता हूं बच्चों को मेन्सुरेशन सबसे ज्यादा तगड़ा चैप्टर लगता है बच्चों को क्षेत्रमि वो बोलते सर क्षेत्रमिति का हमें फॉर्मुले याद ही नहीं हो रहे अब फॉर्मूले याद होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कहीं ना कहीं उनको रिलेट करना सीखना पड़ेगा तो पहले उदाहरणों के माध्यम से उनको रिलेट करना सिखाते हैं फिर धीरे धीरे उनके क्या होते हैं फॉर्मूले उनको याद होते हैं और फिर अंत में उनका एक नियम बन जाता है उस फॉर्मूले के बेसिस पे वो सवाल लगाने लगते हैं ठीक तो निगमनात्मक प्रकृति होती है इसकी अब देखो यहां देखा जाए गणित की प्रकृति एवं तार्किक चिंतन से संबंध है ना ये संबंध की बात हो रही है ठीक है तो क्या ये पॉइंट सबको याद हो गए सभी को ये पॉइंट याद हो गए कौन कौन से है? फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं है ना जल्दबाजी बिल्कुल नहीं रहेगी हमारे पढ़ाने में आज साथ प्रथम और महत्वपूर्ण होता है याद रख लो दो भागों में बांटा है एक सरल है और एक कठिन है याद रख लो भाई सरल वाले अभी आज क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा कैसे करना है दूसरा वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तार्किक चिंतन होता है पहली प्रकृति हो गई ठीक है दूसरा अमूर्त प्रकृति होती है अमूर्त का मतलब होता है जो नहीं दिख रहा है एबस्ट्रैक्ट है राइट right? दूसरा इसकी अपनी एक भाषा होती है बिना भाषा के कुछ भी नहीं चलता है मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मेरी भी अपनी एक क्या है भाषा है पदानुक्रमित होता है कि पहले आपको स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ सीखना होगा उसके बाद अगला स्टेप फिर अगला स्टेप ऐसा ही कर सकते हैं आप गणत को एकदम से नहीं सीख सकते हो डायरेक्ट आप एमएससी नहीं कर सकते बेटा आपको पहले नर्सरी करनी होगी फिर स्कूल करना पड़ेगा फिर कॉलेज फिर एम होगी गणित का अध्ययन नियमों पर आधारित होता है या निगमनात्मक होता है यही हो गया अब मैं बता रहा हूं आपको गणित की प्रकृति क्या तार्किक चिंतन से संबंधित क्या क्या हो सकता है तार्किक चिंतन देखा जाए मुख्य जो प्रकृति है ना गणित की वो तार्किक चिंतन बाकी सब तो है लेकिन सबसे मुख्य जो होती है वो तार्किक चिंतन होती है अब इसमें हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं दुर्गा आपकी ऑनलाइन क्लास में अभी तक कितने टीचर के सिलेक्शन हो चुके तो हैं वायर क्या क्या बात है? इससे इससे मतलब हाँ, तो इसका चलिए आगे बढ़े गणित विषय के माध्यम से छात्रों में पर्यवेक्षण शक्ति का विकास होता है जिसके आधार पर छात्र प्रत्येक गणतीय तथ्य एवं तार्किक दृष्टि से पर्यवेक्षण कर सकता है पर्यवेक्षण मतलब ऑब्जर्वेशनल मतलब कहीं ना कहीं आपकी तार्किक चिंतन से परवेक्षण शक्ति का विकास होता है आप क्या कर पाते हो चीजों को देख पाते हो या चीजों को आप परवेक्षण कर पाते हो आप लॉजिकल थिंकिंग के माध्यम से ये सारी चीजें आप लॉजिकल थिंकिंग से क्या क्या कर पाते हो हम इन पे बात कर रहे हैं क्या क्या लॉजिकल थिंकिंग आपको कहाँ कहाँ प्रयोग में लाते हो तो पर्यवेक्षण वाली आपकी क्या होती है बुद्धि का विकास होने लगता है किससे तार्किक चिंतन के कारण ठीक है पर्यवेक्षण करता है तो उसमें उसमें क्या होता है गणितीय तथ्य का तार्किक दृष्टि से परिवेक्षण आप कोई भी हो कोई भी चीज में आप कोई सामान गए या फिर कहीं बाजार गए कुछ भी हुआ तो आप वहां तर्क का प्रयोग करोगे अगली बात पे आते हैं आगे बोलता है गणित विषय में छात्रों की स्मरण शक्ति विकसित करने में वैसे इस पॉइंट में कई सारे लोग नहीं मानते भाई स्मरण शक्ति केवल गणित विद्यार्थी की, की होती है बात सही है स्मरण शक्ति नहीं होती है लेकिन मैं इस तरीके से बोल सकता हूँ स्मरण शक्ति ऐसे होती है कि मान लो आपको कोई चैप्टर जी एडवांस में सी है तो कम से कम आपको 200 फॉर्मूले याद रखने हैं। अब दो सौ फॉर्मुले याद कैसे किया? आपने प्रैक्टिस के थ्रू की है तो कहीं ना कहीं आपकी स्मरण शक्ति तो अच्छी हो रही है ना आप बार बार चीजों को याद रख रहे हो नियमों को याद रख रहे हो फॉर्मुलों को याद रख रहे हो कंसेप्ट को याद रख रहे हो इतनी सारी चीजों को याद रख तभी तो आप सवाल लगा पाओगे तो कहीं ना कहीं गलत अध्ययन से क्या होता है स्मरण शक्ति का विकसित होती है साधन है गिनती गिनती पहाड़ों को याद याद, याद याद याद देखो, वही बोल रहा है पहाड़े करना करना, याद, याद करना, करना, तर्क आ, का सहारा लेके, लेते हुए आपको प्रमेय, थ्योरम से याद करना, ये सारे क्या होते हैं, हर जगह थोड़ी हो पाते हैं हमें गणित में करना होता है तो इससे हमारा क्या विकास होता है इससे हमारा स्मरण शक्ति का विकास होता है खोज खोज अगर आपको कोई रिसर्च करना है तो आप रिसर्च चाहे गणित के अध्ययन की करना हो चाहे गणित अध्यापन की करना हो या गणित के किसी विषय की करना हो या गणित किसी आने वाले भविष्य में किसी थ्योरम की करनी हो आप कहीं ना कहीं उसमें किसका यूज करोगे अपने तर्क का अपने सारे लॉजिकल जो भी उसमें होते हैं उन सभी का प्रयोग करोगे तभी जाके बात कर रहे हैं आखिर गणित कहा हमें यूज हो सकते हैं नेक्स्ट गणित विषय में एकाग्रता की आवश्यकता होती है तो कई बार बोलते हैं ना एकाग्रता बढ़ाओ बिना एकाग्रता के कुछ नहीं हो पाएगा आप देखो ये सारे पॉइंट कब बोल सकते हो आप अपने विद्यार्थी को बोल सकते हो भाई सुन अगर तुम्हारे एकाग्रता बढ़ानी है तो गणित लगाओ जैसे मान लीजिए मैं भी गणित लगाता हूँ सच बता रहा हूं मैंने गणित आज तक दिन में नहीं लगाई मुझे हमेशा गणित कब लगाता हूँ मैं रात में बैठ के लगाता हूँ ये मैं अपना आपको पर्सनल बताता हूँ ये मेरा सीक्रेट है और गणित भी मुझे कब लगाना अच्छा लगता है जब रात के ग्यारह बज गए ग्यारह के बाद मुझे गणित लगाना अच्छा लगता है और ग्यारह बजे से लेके सुबह के चार बजे तक ये पीरियड ऐसा होता है जब गणित लगाना मुझे सबसे बढ़िया लगता है क्यों क्योंकि एकाग्रता जरूरी होती है और ये समय ऐसा समय होता है जब मुझे मतलब मेरे मुझको फॉलो मत करना रात में जागने की आवश्यकता नहीं बीमार मत पड़ जाना लेकिन सबके अपने अपने टाइम होते सब लोग कोई दोपहर में पढ़ना अच्छा लगता है किसी ग्रुप स्टडी अच्छा लगती है तो ये मेरा है मुझे रात में पढ़ना अच्छा लगता है दस बजे के बाद बैठो सुबह चार बजे तक पढ़ो कोई दिक्कत उसमें क्या होता है मेरा कॉन्सेंट्रेशन होता है जीवन में गणित पढ़ने के अलावा कुछ नहीं किया ठीक बीएससी किया एमएससी किया अभी गणित पढ़ाता हूँ आप लोगों को उसके लिए तैयारी करता हूँ सब चीजें होती है तो देखा जाए गणित के साथ मेरे जीवन का संबंध बिल्कुल ऐसा है कि इससे बड़ा मित्र मेरा कोई और है ही नहीं तो रात में बैठो अगर मैं जब बैठता हूँ तो मैं क्या कर पाता हूँ उस पर अपना एकाग्रता रख पाता हूँ क्योंकि अगर एकाग्रता नहीं है मान लीजिए चार लोग बैठे हैं यहाँ पे बातें कर रहे हैं और मैं सवाल लगाऊ भाई लगा ही नहीं सकता छोटा छोटा सवाल गलत हो जाएगा कई बार हमारे साथ होता है जब शिक्षक पढ़ा रहा हो और बच्चे बहुत ज्यादा मतलब कुछ और बातों में बात कर रहे हो हम जो सवाल कर रहे हो तुम गलत कर देते हैं क्यों कर देते हैं एकाग्रता की कमी के कारण तो अगर गणित लगाना को तोाग्रता आ जाएगी बाई डिफॉल्ट एकाग्रता क्योंकि अगर एकाग्रता नहीं आती है तो वो सवाल हल ही नहीं कर पाएगा वो कही कहीं ना कहीं कैलकुलेशन की मिस्टेक कर देगा या कंसेप्ट की मिस्टेक कर देगा ठीक है तार्किक चिंतन के अभाव में छात्रों की मौलिकता को उत्पन्न नहीं किया जा सकता मौलिकता मौलिकता को एक प्रकार से ऐसे बोलने की अपन जो एक्चुअल में आना चाहिए मौलिकता निकल के आनी चाहिए हम झूठ के चेहरे लगा के बैठते हैं और गणित का जो सच्चा विद्यार्थी होगा वो कभी झूठ का ज्यादा सहारा नहीं ले पाएगा कारण है क्योंकि वो लॉजिकली चीजों को इतना घुमा देगा कि तो उसे झूठ बोलने ही नहीं पड़ेगा देखो आपको बहुत अच्छी चीज रिवील करता हूं एक व्यक्ति वो होता है जो ये सोचता है कि यार इस चीज से बचने के लिए मैं क्या करूं झूठ बोल दू और एक व्यक्ति ये होता है वो उस चीज से बचता नहीं कुछ लॉजिकल थिंकिंग लगाता है अपना दिमाग ऐसा लगाता है कि उस चीज को मोल्ड करके वो अपने फेवर में कर लेता है एक्चुअल वो है गणत का सही विद्यार्थी ठीक वो किसी चीज को भागता नहीं वो उसके सॉल्यूशंस पे काम करता है उसके अलग अलग सोल्यूशन कैसे निकल सकता है वो उससे निकल जाता है झूठ का सहारा नहीं लेता है तो कहीं ना कहीं देखा जाए इसमें मौलिकता बाहर निकल के आती है बच्चे की वो झूठ का सहारा लेते ही नहीं और जो है वो सत्य है सत्य है अगर आपको मानना है मानो नहीं मानना तो वो सिद्ध कर देगा कि देखो भाई ये सत्य था ठीक है चलिए आगे बढ़ें। अभी तो टेंशन क्या जित्ती किसी में चिंता मत करो हमने स्टार्ट किया है आज पहली क्लास है ये और इस क्लास को आपको बढ़िया शेयर जरूर करना है ना ये काम आपका है बाकी हमारा हम पढ़ा देंगे और आज बेसिक से कुछ भी आज ज्यादा नहीं अन्वेषणात्मक शक्ति का प्रदान करना देखो जो गणित का छात्र होगा वो अन्वेषण करेगा कुछ ना कुछ इन्वेस्टिगेटिव करेगा कुछ नई खोजें करेगा कहीं जाएगा किसी नए स्थान पे जाएगा एक्सप्लोर करेगा तो जब वो चीजों को एक्सप्लोर करेगा तो जीवन को एक्सप्लोर करेगा तो मैं ये कहूंगा एक तर्क भी चलता है जैसे मान लीजिए किसी विद्यार्थी ने कुछ गड़बड़ी कर दी या आपके आस के मित्र ने गड़बड़ी कर दी तो हम नहीं बोल देते हैं क्या तुम्हारी गणित अच्छी नहीं तुम्हारी है तुम्हारी गणित खराब क्यों बोलते हैं आखिर हम गणित खराब इसलिए बोलते हैं हम गणित खराब है क्योंकि कहीं ना कहीं हम हर चीज को गणित के साथ क्या करते हैं रिलेट करते हैं आज बिल्कुल मोटिवेट हो जाना है अपने गणित के लिए सभी लोगों को ऐसा कि हाँ गणित पढ़ना जरूरी है और हर एक को गणित रहेंगे हमारा ये मतलब आप मान लो कि क्रांति है या फिर हमारा ये वो है कि हम करके ही रहेंगे कि हर विद्यार्थी गणित को अच्छे से सिखाएंगे और उसका उसमें रुचि पैदा करेंगे ठीक है रुचि पैदा करना सबसे इंपॉर्टेंट है गणित शिक्षक के लिए यह सीखो चलिए तो ये तो हो गए अपने जो लॉजिकल थिंकिंग से या गणित सीखने से काम होंगे अब हम आ जाते हैं छोटे से दो पॉइंट पर गणित के उद्देश्य क्या है ऑब्जेक्टिव क्या है ठीक तो गणित के उद्देश्य क्या है ऑब्जेक्टिव ऑफ मैथमेटिक्स क्या है जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताए हैं दो उद्देश्य हो सकते हैं संकुचित हो सकते हैं नेहरू और एक हो सकते हैं व्यापक जो कि ब्रॉड वे में हो देखो संकुचित तो उद्देश्य ऐसे हैं कि मान लीजिए मैथमेटिक्स है दसवीं तक कहा गया एक बच्चे को पढ़ने के लिए कि भाई कम से कम दसवीं तक तो पढ़ लो दसवीं के बाद अपना स्ट्रीम चेंज कर दो आप लोग अभी अभी एक तर्क आया था कि भाई आठवीं तक क्यों नहीं कर दे तो तक बच्चों को क्यों परेशान कर रहे गणित पढ़ा के फिर एक और तर्क आया भाई पांचवी तक कर दो गणित पांचवी के बाद क्या? प्लस माइनस गुणा भाग सीख जाएगा नहीं पढ़ना जिसको गणित हटाओ क्यों सिक्स और सेवेंथ में रेशियो और परसेंटेज पढ़ा रहे हो आप समझो गणित दो प्रकार का है। एक वो जो हमारे जीवन में लगता है एक वो जो साइंटिफिक होता है तो देखा जाए परसेंट रेशियो ये सारी चीजें हमारे जीवन में व्यवहारिक गणित है ये कहीं ना कहीं हमें जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हमें नहीं समझ में आएगी तो हम छोटे छोटे काम नहीं कर पाएंगे हम फाइनेंशियली वीक हो जाएंगे क्यों क्योंकि हम वही बताया ना सौ का सामान लिया सत्तर सामान लिया सौ में तीस रुपए अब आपको ये भी नहीं आता अगर प्रॉफिट लॉस रेशियो ये सारी चीजें नहीं आती है तो आप तीस या बीस रुपए लेके ही चले जाओगे तो कहीं ना कहीं गणित के दो ही उद्देश्य एक है संकुचित और एक है व्यापक संकुचित तो उद्देश्य आपको यह बताता है कि आप थोड़ा बहुत तो सीख लो ऐसे ही ना हो कि आप किसी रास्ते से जा रहे हैं आप रास्ते ही भूल गए आप बहुत छोटा मोटा सामान खरीद रहे हैं आप प्लस माइनस करना भूल गए आपने चार सामान खरीदे आप प्लस ही नहीं कर पाए चार सामान कितने क्या है सामने वाले को दस दिए उसने जितने देना देना आप घर निकल लिए ऐसा थोड़ी ये तो अंगूठा छाप हो गए मतलब गणित नहीं आती है तो आप एक प्रकार से समझ लो आप बिना पढ़े लिखे व्यक्ति तो कम से कम कुचित उद्देश्य जो हैं वो तो पूरे करवाओ एक विद्यार्थी को फिर व्यापक उद्देश्य व्यापक उद्देश्य मतलब वैज्ञानिक उद्देश्य जितने हो सकते हैं दुनिया में वो सारे के सारे उद्देश्य तो दो प्रकार के उद्देश्य हम लोग गणित में लेते हैं ठीक है अब थोड़ा सा बात कर लेते संकुचित तो उद्देश्य में क्या क्या हो सकता है ये सवाल बेटा डायरेक्ट आते हैं ना पहला बच्चों के आर्थिक और सामाजिक विकास में गणित का प्रयोग यह संकुचित है कम से कम गणित इतनी सिखा दो एक विद्यार्थी को कि उसका आर्थिक आर्थिक मतलब वही लेन देन जो भी पैसे का लेन देन होता है वो एटलीस्ट समझ जाए ब्याज पर रकम डाली बैंक में डाली या किसी को दी आपने ली तो इंटरेस्ट कितना है दूसरी अभी तो लोन वाले ऐसे फोन लगाते हैं कि कहीं फंस गए आप तो पता चला मूल से डबल से डबल आपको ब्याज भरना पड़ रहा है आप फंस गए तो फंस गए तो कम से कम इतनी गणत तो सीख लो कि आप अपनी ब्याज दरें निकाल पाओ अपनी ई निकाल पाओ अपने जो खर्चे करते हो उनकी कैलकुलेशन कर पाओ एटलीस्ट संकुचित में इतना तो सीखो गणित को या बच्चे को समझाओ और सामाजिक विकास विकास सामाजिक का का गणित प्रयोग क्या होगा समाज में रहते हो तो कम से कम कुछ ना कुछ कैलकुलेशन इतनी तो आए कि लोगों का पता चल पाए कि भाई किसी ने कुछ पूछा तो आप बता पाओ आप बता ही नहीं पा तो ये सामाजिक विकास देखा कुछ लोगों को क्रॉस रोड क्रॉस करने में समस्या हो जाती है अब रोड क्रॉस करने में आप कहोगे सर गणित का क्या संबंध है बिल्कुल है जिसको गणित का पता होगा कि भाई इतनी स्पीड से गाड़ी आ रही हमें जाना या नहीं जाना सिंपल सी बात है क्यों नहीं कर पा रहे है? वो इतना देख रहा है एक किलोमीटर दूर गाड़ी हम नहीं कर पाएंगे इतनी दूर कैसे निकलेगी? भाई निकल जाएगी। थोड़ी सी डिस्टेंस स्पीड इतनी है निकल जाएगी वो आएगी नहीं बात समझ रहे बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जहाँ इसका यूज होता है ये संकुचित है कम से कम इतना तो हो विद्यार्थियों के जीवन में गणित को उपयोगी बनाना अब सिंपल सी बात ये तो नॉर्मल पॉइंट है कि विद्यार्थी का जीवन जो है उसमें गणित को उपयोगी बनाना उसको सबसे पहले तो यह सिखाना कि मैं जो पढ़ा रहा हूं ये तेरे जीवन में कहां लगेगा जैसे आर्थमैटिक में ज्यादातर मैं जब भी पढ़ाता हूं तो बच्चों को ये समझाता हूँ कि भाई ये जो पढ़ा रहा हूं, ये ऐसे ऐसे यूज होता है डिस्काउंट ऐसे यूज होता है टाइम एंड वर्क ऐसे यूज होता है टाइम एंड ऐसे होता है आपका बट्टा डिस्काउंट का बट्टा होता है प्रॉफिट लॉस ऐसी यूज होता है परसेंटेज कैसे यूज करोगे आप जब सी और एस पढ़ेंगे तो इंटरेस्ट का कैसे यूज करना है एस के हिसाब से कैसे करना है सीआई ये सब क्या है सब व्यवहारिक गणित है आप इसका यूज करना सिखाओ बच्चे को ये बहुत जरूरी है ये लेकिन कौन से उद्देश्य में है संकुचित उद्देश्य में कम से कम इतना तो पढ़ो मापन प्रतिशत भिन्न आदि इन सब को कैसे इन सब को ऐसे जैसे मान लीजिए आपको सामान लेके आए आपने कहा दस किलो लाना है और आपको दस किलो के बारे में नहीं जानकारी कितना होता है एक ग्राम में एक किलो होता है समझ रहे तो आपको सामने वाला पागल बना देगा तो कम से कम मापन की चीजें तो लखो आपसे कहा दो दो मीटर कपड़ा लेने दो मीटर में कम दिया तो आपको कम से कम इतना तो पता हो कि दो मीटर कितना होता है या तो ये ये तो तो संकुचित राइट? जोड़ कम कम से कम इतनी गणित हर विद्यार्थी को आनी चाहिए जो इन पॉइंटों को कवर करे और ये उद्देश्य कौन से हो गए संकुचित उद्देश्य हो गए इनको हम क्या कहेंगे बेटा संकुचित उद्देश्य अब आते हैं अपन लोग मुख्य उद्देश्य या फिर अपन बोले इनको व्यापक उद्देश्य अब व्यापक उद्देश्य वही है जो अब गणित विषय लेता है जैसे आप सभी लोगों मान लो बी किया एमएससी किया तो आप लोगों को व्यापक उद्देश्य पूरे करने चाहिए थे केवल संकुचित उद्देश्य आपका काम नहीं था जिन लोगों ने दसवीं तक पढ़ा था वो संकुचित उद्देश्य के थे लेकिन जब हमने बात की तो हमें व्यापक उद्देश्य पूरे करने चाहिए मतलब अब हमें गणित का विद्यार्थी बनना चाहिए तगड़ा वाला जैसे अमूर्तता को समझना अमूर्तता मतलब जो चीज किसी को नहीं दिख रही है वो आपको दिखना चाहिए किसी भी सिचुएशन का सॉल्यूशन अगर आप किसी को नहीं दिख रहा है लेकिन आपको दिखना चाहिए ये है एक्चुअल में सही गणित का विद्यार्थी वो कभी ना डरे ना डिगे ना टेंशन ले कुछ भी ना करे कैसी भी परिस्थिति हो उसके पास हमेशा एक सॉल्यूशन होना चाहिए अमूर्तता को समझने का प्रयास होना चाहिए वो हर चीज को समझ पाए जो दुनिया को नहीं दिख रही आपको दिखना शुरू हो जाए रिसर्चर बने वो वैज्ञानिक बने क्योंकि वैज्ञानिक भी क्या है एक प्रकार से आर्ट ही तो है वैज्ञानिक जो होता है वो आर्ट जैसा ही सब्जेक्ट तो है उसके लिए भी गणित वो कहीं ना कहीं सोचते सोचते ऐसी ऐसी खोजे कर डालता है कि हमें पता नहीं अच्छा ऐसा भी हो सकता है क्या उसने मूर्तता को समझ लिया दूसरा तार्किक चर्चा जीवन में तर्क को महत्व देना जो गणित का सच्चा विद्यार्थी होता है वो तर्क अब ये गौण उद्देश्य है मतलब ऐसे उद्देश्य जो व्यापक हर चीज में तर्क लगाएगा आपने कुछ बोला यूं ही नहीं मान लेंगे भाई उसको हम प्लस माइनस गुणा भाग सब करेंगे हम देख लेंगे अपने हिसाब से सही बैठेगा सटीक बैठेगा आज जो बात हुई वही कल होगी तो हम यशो नो कर देंगे तो तरक्की की बात हो जाएगी इसमें ठीक गणित के माध्यम से किसी निष्कर्ष को निकालने की क्षमता ये तो वही बात बोल रहा हूं मैं जो बोल रहा हूं बार बार की भाई आपको गणित के माध्यम से क्या निकालना है कहीं ना कहीं किसी निष्कर्ष को निकालने की क्षमता पैदा करनी है तब तो गणित के विद्यार्थी हैं छोटी छोटी से से बड़ी बड़ी सभी प्रकार की समस्याओं के बड़े ही तार्किक सोच समाधान निकालना, समस्या समस्या हो या बड़ी समस्या हो, या आपको घबराना नहीं आपको उसकी समाधान निकालने पे काम करना है समस्या पे नहीं। हर विषय का विद्यार्थी समस्या पे विचार करता है और गणित का विद्यार्थी समाधान पे विचार करता है वो समस्या को टेंशन नहीं मानता और अगर आप में से किसी को लगता हो कि नहीं हम समस्या को करते हैं तो बंद करो हमें समाधान पे काम करना है समस्या पे मान लो अभी कई सारे बच्चों को ये चल रहा है कि सर वर्ग एक में इतना सारा है वर्ग दो में इतना सारा है सब समस्याओं पे बात कर रहे हैं आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश में बस आप ही के ऊपर है ये सब वर्डन मध्य प्रदेश के हर विद्यार्थी पर ये वर्डन है वर्ग एक का पूरा सिलेबस और वर्ग दो का पूरा सिलेबस मध्य प्रदेश के हर विद्यार्थी पर बर्डन है लेकिन आप में से कई सारे लोग उसके समस्या पे बात कर रहे हैं और जो शांति से बैठ के उसके समाधान पे चर्चा कर रहा है वो आपसे आगे निकल जाएगा समय आपके पास भी उतना ही है और जो पास होगा उसके पास भी उतना ही तो समस्या पे बात ना करो किस पे बात करो समाधान पे विद्यार्थी के जीवन में गणतीय चिंतन का विकास करना गणतीय चिंतन क्या होता है गणतीय चिंतन हमेशा तार्किक होता है आप जो भी सोचोगे बिना तर्क की बातें करोगे आप नहीं मानोगे आपने का भगवान होता है नहीं मानते हैं भैया है ना आस्था एक अलग बात है लेकिन गणित एक अलग बात है तर्क बताओ कैसे होता है ठीक ठीक है हम मानते हैं लेकिन वो अमूर्त है अमूर्त हमारे माना माना जाता है बात समझो आप तर्क दो मानने पे दो या ना मानने पे दो लेकिन तर्क दो बिना तर्क कोई बात नहीं करते ठीक मैं दोनों को मैं मानता भी हूँ नहीं भी मानता हूं मैं आस्तिक भी हूँ नास्तिक भी हूँ क्योंकि मेरे आस्था के लिए भी तर्क है और नास्ते खाने के लिए भी तर्क है मैं दोनों भी दो, दोनों चीजों को मानता हूं तो सिंपल सी बात है तार्किक सोच को बढ़ाना है अपने को ठीक चलो कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है फिर आगे बढ़े चलो चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट सामान्य उद्देश्य ये मतलब दो प्रकार के उद्देश्य तो हमारे हो गए संकुचित तो उद्देश्य हो गए व्यापक हो गए अब सामान्य उद्देश्यों की बात कर लू कुछ भी नहीं इसमें बच्चों के विचार प्रक्रियाओं का गणतीयकरण करना मतलब बच्चे जो भी सोचें या विचारें उनको गणतीय रूप में हर बार दर्शाना कुछ ऐसे एग्जांपल देना जो गणित से सटीक बैठते हो वो समझ पाए उन चीजों को ये बच्चों के लिए है ना गणित के बच्चों में जीवन के अनुभवों को हिस्सा बनाना मतलब जो भी उनके जीवन में चल रहा है जैसे मान लीजिए वो मैंने जैसा बोल रहा हूँ आप लोग लेके जाओ उनको घुमाने लेके जाओ और उनको गणित के माध्यम से सिखाओ कि देखो भाई ऐसा करना है ठीक है गणित के माध्यम से उनको कुछ चीजें खरीदो बेचो मेले लगाए जाते हैं स्कूलों में ठीक है उनको व्यापारी बनाया जाता है कुछ सामान बिकवाए जाते हैं उनका प्रॉफिट एंड लॉस दिखाया जाता है तो कहीं ना कहीं गणित की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अगर आप करते हो विद्यार्थी के साथ तो वो उसको क्या कर पाए गणित में उसको अच्छा लगना शुरू होगा बच्चों में तार्किक सोच का विकसित करना ही अपन पहले ही कर चुके हैं गणित के प्रति बच्चों की रुचि को विकसित करना ये हमारा काम है हर शिक्षक का काम ये होता है कि अगर वो पढ़ा रहा है तो सबसे पहले रुचि विकसित करो उसके बाद फॉर्मूले लिखाओ भाई फॉर्मूले रट-रट के बच्चा गणित छोड़ देता है गणित के पहले महत्व को समझाओ गणित के पहले प्रकृति को समझाओ गणित के उद्देश्यों को समझाओ और पहले खुद भी समझो जब हमें खुद भी पता होगा कि गणित की इतनी ज्यादा जरूरत है तो आप नो no डाउट ऐसे ऐसे मेथड निकाल लोगे जिससे गणित बहुत अच्छा हो जाएगा और आप बच्चों को भी अच्छे से सिखा पाओगे ठीक है गणित की संरचना अंग गणित बीज गणित जामिति इन सब के बारे में बच्चों का अध्ययन होना चाहिए चलिए तो ये सारी बातें हो गई आज गणित के बारे में बहुत बेसिक बेसिक पे बात की है अपन लोगों ने अब चलो कुछ क्वेश्चन करते ठीक है देखो गणत अभी क्वेश्चन कराऊंगा आप समझो गणित का मैंने केवल आज एक ओवरव्यू दिया है कि गणित क्या है गणित की प्रकृति क्या है गणित के उद्देश्य क्या है ठीक और गणित की प्रकृति मुख्यता क्या है तार्किक बस इतना याद रखना आज के पूरे सेशन में हमने बस इतना ही सीखा है कि गणित क्या है क्या अब धीरे धीरे हम इनकी परिभाषाओं पर बात करेंगे धीरे धीरे वैज्ञानिकों ने क्या क्या कोट किया है गणत के लिए हम उनपे बात करेंगे ठीक है चलो कुछ क्वेश्चन कुछ लगाए जाए बोले मिल जाएगी चलो अभी बताओ जितना पढ़ाया उसके हिसाब से आज क्वेश्चंस क्वेश्चंस लगाओ सारे के सारे। के सभी लोग अब उत्तर क्वेश्चन आंसर्स देना शुरू करो अब मैं कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगा इसमें आपको सबको आंसर्स देना है अब आपको लगेगा कि हाँ सर बनने लगी पेडागोजी। घटना को तो देखा जाए ना ऑब्जेक्टिव भी करा दूं तो भी सब सिखा दूंगा उसी में कोई भारी थोड़ी होता है इसमें बहुत सिंपल होता है है अब सबको समझ में आ रहा होगा क्या होती तार्किक होती है अभी अभी तो सीख के आए गणित प्रकृति क्या है अलंकारिक है कठिन है सामान्य लोगों के नहीं है ये तार्किक है अभी अभी सीख के हम लोग वही तार्किक होती है गुड सेकेंड क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन देखो जब तक हम सवाल नहीं करेंगे तब तक चीजों को समझे नहीं आगे अकेले थ्योरी से काम नहीं बनता है यहाँ कहीं ना कहीं क्वेश्चन लगाने होंगे और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाएंगे थ्योरी तो बहुत इतनी सी है कि सिर्फ सात से आठ लेक्चर में पूरी पेडागोजी की थ्योरी खत्म हो जाती है बात समझ रहे सात से आठ लेक्चर में मैथ्स की पेटागोजी की पूरी थ्योरी खत्म हो जाती है लेकिन फिर बात आती है सवालों का सवाल अपन पाँच या छह लगाओ उनकी प्रैक्टिस कर लोगे आप सारे एग्जाम में लगा के जाओगे इस क्वेश्चन का उत्तर क्या दोगे बालक के सर्वांगीण विकास के लिए गणित विषय के अन्य विषयों से संबंध होना चाहिए क्योंकि इससे संबंध होना को को जोड़ना चाहिए क्यों बताओ ऑप्शन के हिसाब से क्या दोगे इसका उत्तर छात्रों के दृष्टिकोण विस्तृत बन जाता है हाँ यार सही लग रहा है ऐसे में क्या होता है छात्रों का दृष्टिकोण विस्तृत हो जाता है सही सात छात्र संचित ज्ञान से नए ज्ञान का संबंध जोड़ता है संचित ज्ञान का मतलब कि होता है उसने उसने साल भर पढ़ा, पढ़ा। जो भी पढ़ा, मतलब मान लो प्लस माइनस गुणा भाग पढ़ लिया ठीक अब वो उसका प्रयोग करना सीखेगा जैसे मैं बता दू एक छोटा सा बच्चा स्कूल में जाके काउंटिंग सीखना शुरू करता है टेबल सीखना शुरू करता है वो धीरे से एक दिन आता है और घर की घड़ी देख के बता देता है कि आज नौ बजे ठीक कैसे बताया उसने भाई उसने जो अध्ययन किया था वो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या कर रहा है वो प्रयोग कर रहा है अब मान लीजिए आप छोटे से बच्चों को लेके जाते हो आप स्कूल ले जाओ आप उस गणित स्कूल में सीख के आया अब मान लीजिए आप मार्केट में घुमा रहे और जब आप मार्केट में घुमा रहे हो तो कुछ चीजों को काउंट करके बता देखो वहां पर चार लोग खड़े तो उसने कैसे बताया उसने कहीं ना कहीं उसका प्रयोग कहाँ पर किया अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करना शुरू कर दिया तो छात्र संचित ज्ञान से नए ज्ञान का संबंध जोड़ता है बिल्कुल सही है ये भी सही है छात्र सभी विषयों को महत्वपूर्ण मानता है भाई छात्र फिर सभी विषयों को मानेगा बिल्कुल सही है भाई उपयुक्त सभी आएगा ये तो डी ऑल गुड सही है बेटा ऑल आएगा हम्म अगला नेक्स्ट गणत के नियम व निष्कर्ष होते हैं वस्तुनिष्ठ होते हैं सार्वभौमिक होते हैं इनमें से कोई नहीं भैया वस्तुनिष्ठ होते हैं ना ऑब्जेक्टिव होते हैं ना गणित के नियम ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं ठीक है सार्वभौमिक होते हैं सब जगह के लिए सिद्ध होते हैं हाँ होते हैं मतलब ये दोनों हो जाएगा ए भी हो जाएगा और बी भी हो जाएगा ठीक है तो इसका सही आंसर ये है ना ये वाला ए और बी दोनों सी आंसर ठीक अगला आ जाओ नेक्स्ट क्या बोल रहा है गणित को कहा जाता है विद्यार्थियों का दुश्मन यार ये तो नहीं बोला जाएगा कुछ भी हो जाए विद्यार्थियों को दुश्मन तो नहीं कह सकते हाँ शक्तिशाली होगी शक्ति ये हो सकता है गणित वाला विद्यार्थी बड़ा शक्तिशाली होता है उसके दिमाग इतना तेज होता है, देता है। मन की भाषा या मस्तिष्क का मन की भाषा नहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है शक्तिशाली होगी शक्ति ऐसा तो नहीं है मस्तिष्क व्यायाम जरूर हो जाता है तो आंसर क्या बनेगा इसका डी बनेगा आ, आएगा। राइट। सभी लोगों ने सही लगा दिया डी आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर वह उद्देश्य शिक्षण, शिक्षक, गणित पढ़ाने के बाद उद्देश्य उद्देश हो शैक्षणिक उद्देश्य हो सकता है सामाजिक उद्देश्य हो सकता था लेकिन कुछ और में। वह सभी, नहीं, सभी तो नहीं हो सकता सांस्कृतिक को तो नहीं ले सकता तो अभी तो क्या होगा शैक्षणिक उद्देश्य वो प्राप्त कर लेता है हम गणित को कक्षा में ही खत्म कर सकते हैं घर जाके लगाने की आवश्यकता नहीं होती बाकी चीजों को याद करना पड़ता है लेकिन कक्षा में ही हम गणित का पूरा सेक्शन शैक्षणिक उद्देश्य से प्राप्त कर सकते हैं यही कि यही कॉपी को खत्म कर सकते हैं और कल एग्जाम भी लगा सकते हैं सेक्शन शैक्षणिक उद्देश्य से पूरा हो जाता है गणित का क्लास में ही हो जाता है चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं सिक्स क्वेश्चन गणित शिक्षण में शिक्षक को निम्नलिखित बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए व्यवहारिक जीवन से विषय का संबंध भाई इस पे तो ध्यान देना पड़ेगा मानसिक शक्तियों का विकास हो इस पर भी देना जाएगा जातीय प्रतिष्ठा का उपाय हो आनंद की प्राप्ति ना हो सी ऑप्शन थोड़ा अजीब लग रहा है नहीं देना चाहिए का मतलब क्या होगा यहाँ पर है ना आनंद की प्राप्ति ना हो भाई आनंद की प्राप्ति तो होना चाहिए न ठीक है यहां कुछ गलत लिखा होगा हो सकता है आनंद की प्राप्ति ना आएगा चलो अगले सवाल को लिखते हैं गणित मापन परिमाप तथा दिशा का क्या है समाज समाज है समूह है विज्ञान है या प्रयोग है बोलो क्या है भाई विज्ञान है गणित तो क्या है मापन परिणाम मतलब तथा दिशा का विज्ञान ही होगा और क्या का क्या आएगा सी हम्म के, के अध्ययन से से एक बच्चे में निम्न में निम्न किस गुण का विकास होता है आत्मविश्वास का आत्मनिर्भरता का तार्किक सोच का और यह सभी का मेरे ख्याल से आप सबसे बन जाएगा यार ये तो क्वेश्चन है ना आंसर बताओ कितना आएगा इसका हुँ? क्या आएगा सबका आएगा पूरा यह सभी का क्या आएगा सभी हर चीज का ठीक बढ़ता है भैया मैथ से आत्मनिर्भरता भी बढ़ती है तार्किक सोच भी आता है और सब ये हो जाता है ठीक है तो डी आएगा इसका आंसर चलो एन 2005 इसको मैं पढ़ाऊंगा है ना पूरा एनसीए वैसे तो अभी आपको प्रदीप सर ने ही पढ़ाया होगा इसके बारे में और अभी पढ़ेंगे वापिस लोग अपने 2005 को ये किसके ऊपर केंद्रित होने की बात करता है बालक बालक पर केंद्रित सारा का सारा सब कुछ किस पे केंद्रित होना चाहिए बालक बालक का विकास नहीं हुआ है स्कूलों का विकास होते जा रहा है देखो कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग मतलब कॉलेज तो छोटे पड़ गए स्कूल इतने बड़े बड़े और इतने मतलब भव्य दिखने लगे हैं कि महल छोटे पड़ जाए आपको बताओ इंदौर में ऐसे कई सारे स्कूल ऐसे है जिनको आप अगर देखो तो आप चकरा जाओ की अच्छा ऐसे भी स्कूल होते हैं होटल से मतलब सेवन स्टार होटल से हैवी होते हैं मतलब विकास किस चीज का हुआ है स्कूलों का हुआ है लेकिन कहीं ना कहीं बालक इसमें पीछे चढ़ गया वहाँ के विद्यार्थी जो निकलते हैं, नो डाउट अच्छे निकलते हैं लेकिन सच बताऊं, वो उतनी तार्किक सोच वाले नहीं होते हैं जितना एक विद्यार्थी सच बताऊं, गवर्नमेंट स्कूल का होता है उसकी तर्क इतना ज्यादा होता है उसको चीजों का इतना ज्यादा ज्ञान होता है कि अगर उसको जीवन में एकदम लास्ट कंडीशन भी हो जाए हद्द हो जाए उसकी जीवन की तो भी वो कुछ ना कुछ कर जाए तो स्कूलों का विकास इतना हुआ है तो 2005 कहता भैया स्कूलों का का शिक्षकों इनका विकास नहीं करवाना करवाना है किसका कर है किसका बालक पे इसलिए पूरी की पूरी शिक्षा को किस पर केंद्रित कर दो बालक पर केंद्रित कर दो सिर्फ उसके लिए सोचो क्या बेहतर कर सकता है ये सोचो चलिए अब ये क्या होगा बोलो अलंकारिक तो होगा नहीं ये तो सबसे बनी जाएगा है ना गणित ज्ञान का निश्चय तथा ठोस आधार होता है यह कथन के किस प्रकृति को इंगित करता है ठोस आधार होता है अलंकार पे तो नहीं कर सकता है कठिन है इस पे भी नहीं कर सकता सामान्य लोगों के लिए नहीं है तो ये क्या होगा तार्किक इसी पर बात करेगा और क्या ठीक अब आने वाले समय में कुछ और चीज़ों पर बताऊंगा जैसे गणित के पाठ्यक्रम में स्थान क्या होता है ये आज नहीं पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को तो। आज बस इतना ही पढ़ेंगे हम लोग ठीक है और क्लास कैसी लगी है एक बार इसके बारे में जरूर बताएं आप लोग सभी लोग क्लास बढ़िया लगी हो तो एक बार शेयर जरूर करना क्लास को और लाइक कर दें सब लोग जितने लोग देख रहे हैं चलो अब तो लाइक ज़्यादा हो गए देखने से गुड क्लास कैसे रही एक बार कमेंट जरूर करिएगा ताकि थोड़ा मोटिवेशन मुझे भी मिले और ये हमारी पहली क्लास गणित के से रिलेटेड थी पूरा गणित का शिक्षण विद क्वेश्चंस करा दिए जाएंगे 400-500 क्वेश्चन कम से कम कराऊंगा इससे ज्यादा भी करा दूंगा ठीक है ताकि आपके एक पूरे प्रॉपर नोट बन जाएं और आपका ये वाला पार्ट चाहे 20 क्वेश्चन आए चाहे तीस आए पूरे के पूरे बन जाए एक दो क्वेश्चन हो सकते ऊपर नीचे हो जाएंगे जो परिभाषाओं आधारित तो तो सा? तो के, के साथ ठीक तो क्लास कैसी रही बताए जल्दी और कल फिर से मिलते हैं आप लोग हो सकता है कल हमारा जो नया चैनल है माइंड फोर टेट उस पर क्लास रहे ये वाली तो उस पर जुड़ना मत भूलना सभी लोग चलिए थैंक यू वेरी मच रिंकी बोल रही है सर ज्यादा पढ़ाओ टाइम बहुत कम बचा है बिल्कुल नहीं बचा है टाइम कम बेटा आप टेंशन मत लो आपको मैं पूरा दिमाग में रख के पढ़ा रहा हूँ कि कितने दिनों में क्या पढ़ाऊंगा एकदम शेड्यूल के हिसाब से ही पढ़ा रहा हूँ और उतना पूरा हो जाएगा ठीक है चिंता छोड़ दो आप तो जो मैं जो बोलूंगा उतना कर लेना जितने क्वेश्चन में कराऊ इनको देखते चलो पढ़ते बस चलो एग्जाम में बन जाएंगे ठीक है ये मेरी गारंटी चलो तो ख्याल रखें अपना कल फिर मिलते हैं गुड नाइट शुभरात्रि धन्यवाद